शाह मातवा साहब अलम नश्र मासूम आमिन अहमद मुजतबा हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लासम के हजूर नाज में अपनी अक़दतों इरादतों और महबतों का खराज पेश करने के बाद वाजबुलहतराम जवीलान बरदरान इस्लाम अल्लाम वरम्तुल्ल व आदाब सल्लल्लाहु रिसाल आप सल्स के ऊनवान से कुछ बातें आज की नशस्त में आपके घोष गुज़ार करना चाहूँगा अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कले हक जारी हुजूर अलैहि अम का अदब और तज़ीम हमारे ऊपर वाजिब है और अल्लाह तला जल्ला शाहू ने कुरान मजीद में अपने महबूब की तज़ीम तोकिर बचा लाने का हुक्म सादिर फरमाया सिबा रिदवान मजमाइन ने हज़ूर के अदब का जो हक़ था अदा कर दिया और बाद में आने वाले लोग उम्म के मशाहिर बजुर्गान दिन ने जूर के आदाब की खूब खूब खूँग रियायत रखी है अगर आका करीब सलाम के आदाब मलहूज ना रहें तो फिर दामन ईमान की दौलत से खाली हो जाता है इसलिए ये इंतहाई अहम मसमून है चंद लम्हों के लिए कुछ बातें मैं इस इसवान से आज दस रोज़ा फहम दिन कोश के इस आखिरी दिन आपके गोश गुजार करना चाहूंगा अल्लाह तेरी जुबान पर कले मतुलक जारी फरमाए हजूर असलम के आदाब अल्लाह तला शाह नू ने कुरान मजीद यहां सूरतुल्हजरात में बयान फरमायाजीना मनु ला तो बैना याद वसूल है एमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो वत्ता और अल्लाह से डर जाओ इन अल्लाह अली बेशक अल्लाह ताला सुनता जानता है अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना क्या है तो हज़रत उमोमिन सयदा आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह त से एक रिवायत मरवी है फरवाती है कि कुछ लोगों ने योम शक का रोजा रखा शाबान के उनतीस दिन गुजर जाए और चा नजर ना आए बादल छा जाए मतला अबर आलूद हो तो जितनी देर तक चांद नहीं देखते रमजान का उतनी देर तक आप रोजा नहीं रख सकते हैं चांद देखेंगे तो रोजा रखेंगे अब चांद नजर ना आया तो कुछ सहाबा ने इस ख्याल से कि शायद बादल की वजह से मतला अबर आलूद होने की वजह से चांद नजर नहीं आ रहा हो सकता है चांद नजर आ गया हो तो योम शक का उन्होंने रोजा रखा तो अल्लाह ताला तु ने इर्शाद फरमाया ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे क्यों बढ़ते हो जब हजूर में नहीं रखा है तो तुमने क्यों रखा है तो योम शक के रोजे से मना फरमाया गया या इसका शान रसूल मुफसरीन ने यह बयान फरमाया है कि आका करीम सलाम की कुर्बानियाँ अभी खड़ी थी ईद अजहा के मौका पर कुछ सहाबा ने इस जज्बे के तहत कि हम जल्दी कुर्बानियाँ करने और फारिफ हो जाए उन्होंने अपने जानवर जिब्बा कर दिए हती के ईद से पहले ही उनको जिबा कर दिया अल्लाह जल्ला शाहू ने इरशाद फरमाया ऐमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो उनको हुक्म हुआ कि तुम्हारी कुर्बान कबूल नहीं है दोबारा जानवर लो और जबा करो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो तो अल्लाह से आगे बढ़ना तो नहीं है रसूल से पहल किया उन्होंने लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल से पहल को अपने से पहल करा दिया और कहा अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो इससे हम समझ सकते हैं कि दीन क्या है अब अगर कोई ये बात कहे कि उम्मती अमल करते करते बाज दबी से भर जाता है तो यह कैसे मुमकिन है वो अमल अमल नहीं है जो नबी की इतबा में ना हो हालांकि हुक्म है फसा बिल्कुल खैरात नेकी के कामों में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करो एक दूसरे से आगे बढ़ो नेकी के कामों लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ो तुम रसूल से आगे नहीं बढ़ सकते हो हमारे सामने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तमल मौजूद है कि जब हुबिया के मौका पे 1400 सौ के साथ हुजूर उम्रे की नियत से तशरीफ ले गए और हदैबिया के मुकाम पर रुके कुफार ने मुजामत की तो हजरत ऊस्मान गली रजी अल्लाह तु को सफ़ीर बनाकर हजूर ने भेजा कि उनको जाके बताओ कि हम लड़ाई के लिए नहीं आए हम उमरे के लिए आए वो तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं जाके उनसे बात करो तो वो गए कुफार ना माने उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता लेकिन चलो उस्मान तुम खुद आए हो ये अल्लाह का घर काबा सामने है जाओ तबाफ कर लो उमरा कर लो हजर असमत को बोसा दे लो अब कितना अच्छा मौका था लेकिन हजरत उस्मान हो, ने होने फरमाया क्या समझते हो मेरे रसूल उम्रा ना करे और मैं करूं हजूराम वहां हो और मैं काबतुल्लह का तबाफ करूँ कहा कैसे हो सकता है वल्ला में न तोाफ करूंगा ना उम्र करूँगा ना हजर असमत को बोसा दूंगा ये हुजूर करेंगे तो मैं करूँगा तो हजूर की इतबा में जो अमल किया जाए वो दीन है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तते करते, करते हजर असमत को चूमा और कहा हजर असमत तुझे मैं कभी ना चूमता अगर मेरे रसूल ने तुझे बोसा न दिया होता तो कहा ऐमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो इसीलिए इकवाल कहता है बमुस्तफा बार हमा अगर बऊना रसीदी तमाम बू ला रास्ता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अगर कोई और रास्ता को इख्तियार करेगा तो मरदूद होगा मकबूल नहीं होगा तो तमाय ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो वत्ता तुम ला और अल्लाह से डर जाओ अगर तुम अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ो तो तुम यह समझो कि हमारा यह अमल कबूल होगा नहीं उसका कहर नाजुल होगा तुम्हारे ऊपर डर जाओ अल्लाह से इन अल्लाह समय बेशक अल्लाह सुनता जानता है उसे पता है वो सुनता भी है उसे इलम भी है तो अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो दूसरा दब सिखाया अमन एहले ईमान लातर फ कुम फो صوت النبي. अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करना तुम्हारा अंदाज तुम्हारा लहजा तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना होने पा वाला जहरू लहू बिल कौल जहरबाद कुमलबाद और जिस तरह एक दूसरे से चिल्लाकर बात करते हो मेरे नबी से यूं बात ना करना अदब के दामन को थामे रखना ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है यहां तो सांसों का शोर भी बेअदबी कहलाता है शेर इज्जत बुखारी का लेकिन अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में दर्ज किया अदब ग आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदात जुनेदोजी यहां तो जुनेद बदी और तो वह भी सांसों को रोक के आते हैं यहां तो सांसों का शोर भी बेअदबी कहलाता सांसों का शोर भी ना होने पाए हजरत इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा आपने 40 साल तक मस्जिद नबावी में हुजूर हजूर सलाम के रोज़ा पुरनूर के सामने बैठ कर दर से हदीस दिया हैत इमाम शाफी फरमाते कि जब, जब मैं उनकी मजलसे हदीस में दियस बैठा तो मुझे उन पर फिदा कर दिया ये अदा ने मुहद्दिन का तरीका है जब हदीस बयान करते हैं तो कहते हैं काला काला रसूल सल्लाम कि हजूर आलाम ने फरमाया हजरत इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा हुजूर के रोज़ा के सामने बैठकर हदीस पढ़ाते थे तो मुहदसिन कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। लेकिन ये जब हदीस बयान करते तो हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके कहते काला काला साहेब हाजल मजार इस खज़रा के मकीन ने ये बात कही है इस रोज़े के मकीन ने ये बात फरमाई है तो कहा ऐसा दिलों पर असर होता कि मैं उनका ही होकर रह गया चालीस साल तक दर से हदीस दिए मामे मालिक ने हुजूर के कदमों में बैठ के लेकिन अदब का आलम यह है कि चालीस साल में किताब के वर्के के पलटने की आवाज को भी पैदा नहीं होने दिया यह रियायत रखी है हुजूर के दरवाजे हुजूर की चौखट के आदाब की तो खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची ना होने पाए अगर आवाज ऊंची हो गई तो अमल जया कर देंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होने देंगे अब जरा गौर करें मौलवी ने नहीं बख्शवाना पुरानी मजीद की तालीमत को देखें कहीं ऐसा ना हो कि फिरके के पीछे लग के अपना सब कुछ लुटा बैठे और बर्बाद कर बैठे यह बड़ी नाजुकबार गाह है यहां तो सांस भी ऊंचा हो जाए तो बेअदबी का इमकान है यहां तो कदम फूक फूक के रखना यहां तो सांसों का शोर भी बेदबी कहलाता है कहा अगर आवाज भी ऊंची हो गई तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा चे जाए के इलम को नापता तोलता फिरे। चे जाए के सरफ हिमत बसु शेख वाम बचंदी बदतर अज इस तिगरा के गाव खरे खुदस जैसी बोलियां बोलता है। चे जाए के ये कहता फिरे कि मेरी छड़ी तो फायदा देती है नबी फायदा भी नहीं दे सकता है चे जाए के ये कहता फिरे जैसा इल्म नबी को हासिल है ऐसा तो पागलों को भी हासिल है चे जाए के ये कहता फिर मलकुल मौत और शैतान की वसत इलम के लिए तो नस मौजूद है आ जनाब के लिए कौन सी नस है यह तो इतना नाजुक दरबार है अल्लाह फरमाता है आवाज भी ऊंची होगी तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ोगा खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची ना करूंगा ला तरफ का सौ तीन नबी तुम्हारी आवाज भी ऊंची ना होने पाए हजरत बिन कैस बिन शमास शमाश रो खिलकन ऊंचा सुनते थे उनकी आवाज तबन बुलंद थी तो जब यह आयते करीमन हाजिर हुई तो वह घर बैठ गए हजूर ने अर्शाद फरमाया कि साबत बिन कैस नजर नहीं आते हर उसकी हजूर वो तो घर हैं फरमाए उनको बुला के लाओ से हाबी हाजिर हुआ देखा कि वो जारों के तार रो रहे क्यों रो रहे हो कहा ये आयत शायद मेरे हक में नाजिल हुई है ये मेरे लिए नाजिल हुई है चूंकि तो हुआ दरबार में नहीं जा रहा कि कहीं मेरी की से बुलंद हो जाए और इस आयत करीमा के नजूर के बाद सिहाबा आपस में इतनी आहिस्तगी से गुफ्तु करते थे कि बास का दूसरे को कहना पड़ता था कि फिर बताओ क्या कहा है ये हुजूर दरबार में अदब का आलम था जो सिहाबा में देखने को आता था तो मैं खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची ना करना और जिस तरह तुम एक दूसरे को चिल्लाकर पुकारते हो मेरे नबी की हजूर यू ना बोलना अगर ऐसा तुमने किया तो फिर क्या होगा अंत बता आमालों को तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे एक होता है जब्त करना और एक होता है हब्त करना जब्त जब सुल हो जाए जब माफी हो जाए जब, जब माजरत हो जाए जो चीज जब जब्त की हुई है बहके सरकार हुकूमत जब्त कर लेती है लेकिन बाद में जब मामला ठीक हो जाता है तो वो वापसी हो जाती है जो चीज जब्त की जाए मामला ठीक हो जाने के बाद उसको वापस कर दिया जाता है तो ये आमाल जब्त नहीं किए जाएंगे बल्कि कहा हब्त कर दिए जाएंगे मिटा दिए जाएंगे तुम समझोगे हम बड़े मुत्तकी हैं तुम्हारे नामा में एक भी नेकी नहीं होगी और अगली बात वाहन तुम लाता हो रो तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम समझोगे हम मुत्तकी हैं तुम अपनी नेकियों के शुमार में रहोगे तुम्हारी सोच में तुम्हारी तबलीगें होंगी तुम्हारी सोच में तुम्हारे अमाल होंगे तुम्हारी सोच में तुम्हारी खिदमाते दीनियां होंगी तुम समझोगे हमने ये यह काम सर अंजाम दिया है हमने ये ये पढ़ाया है हमने ये, ये पढ़ा है तुम इस गुमान में रहोगे तुम्हें पता ही नहीं होगा कि अंदर लुट गया ये किस चीज की सजा है अगर तुम्हारी आवाज भी नबी की आवाज से ऊंची हो आजम चिश्ती कहता है यार नैली अख ना देखी मता मरसे काफिर रहोगे तो अगर आवाज भी ऊंची हो गई तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा ऐमान वालो खबरदार नबी की आवाज से आवाज ऊंची ना करो और जिस तरह एक दूसरे से चिल्ला कर बात करते हो आपस में नबी के हजूर यूं बात ना करो तुम्हारे अमल जया कर देंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी इन दू नासव इन दसूल वो लोग जो हजूर के हजूर जो आका करीम की बारगाह में अपनी आवाजों को पस्त करते हैं उला... الذين ये वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिए तकबे के लिए उनके दिल मुंतब कर लिए कौन है जो हजूर की बारगाह के आदाब की रियायत रखता है यह है वो शख्स जिसका दिल तकवे के लिए परख लिया गया है कौन जो अपनी आवाज को हजूराम की बारगाह में पस्त रखता समाता है ये वो लोग हैं जिनके दिल हमने तकवे के लिए परख लिए हुए हैं लहोजीम इन पर अल्लाह की मकफरते भी नाजिल होंगी और अल्लाह अजीम भी अदा फरमाया तो जो रियायत आदाब रिसालत मब रखते हैं तो यह सारी दौलत उनके लिए और जो आदाब की रियायत भी रखते हैं उनके लिए सख्त पर कड़ी वहीद है कि उनके अमल भी जया कर दिए जाएंगे और उन्हें खबर भी नहीं होगी इन लाजी नुना कम वजरात अक्सर लाया के लून बेशक लोग जो हजरों के बाहर आपको पुकारते हैं अक्सर ला या के लोन उनमें अक्सर बेअल हैं ये वफद बनी तमीम आया था हुजूर की खिदमत में और हुजूर के दरवाजों से बाहर खड़े होके इन्होंने हुजूर को आवाजें देना शुरू कर दी थी मेरे मालिक को ये गवारा ना हुआ कि मेरे नबी को यूं आवाज दी जाए कहा कि वो लोग जो के बाहर खड़े होकर नबी को आवाजें देते हैं फरमाया अक्ल का चराग अपने पास नहीं रखते क्यों फरमाया बलो अन्ना हम साबारू हत्ता तख्त गई है यह सबर तो करते चौखट के साथ लग के तो बैठते नबी खुद ही जलवागर हो जाता भला नबी को नहीं पता कि मेरी चौखट पर कौन आया है ये तो घर से चले थे नबी बाखबर हो गया था बंदा मिल जाए आका पे तो वो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से वो आका, आका क्या है हता तक हो जाए लई अगर ये सबर करते नबी खुद ही तशरीफ ले आते अब ये अदब था हुजूर की चौखट का स्याबा हजूर के, के दर्ज पे दस्तक नहीं देते दे थे बल्कि चौखट से लग बैठ जाते आका करीम खुद तशरीफ लाते तो अपनी हाजत कहते थे लेकिन अगर कभी ऐसे हालात आ ही जाते दरवाजे पे दस्तक देना नागुजी हो जाता तो रसूल पे दस्तक दे लेते थे लेकिन उसका एक तरीका था इमामी उन दलसी ने अशा बेतारीफ हु मुस्तफ़ा में लिखा का ना तुक रहा हो अब वाबुल नबी बिल अजाफ अगर दस्तक देना जरूरी हो जाता कोई एमरजेंसी हालात होते तो जरूरी होता कि अब तक फौरी दें, तो फिर सिहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ दर दरूल पर दस्तक देते थे उंगलियों के पोरों के साथ मुलाली में लिखते हैं कि उंगलियों के पोरों के साथ दस्तक देने का क्या मफूम है रा सुनिए कितने खूबसूरत जुमले है कहते हैं एरबन खन वक्न लतीफन ताजी मन व तक व तीफन कहा यह सब कुछ की इज्जत अफजाई के लिए वो सिद्दीकी ने कहा था ना मैंने पलकों से दर यार दस्तक दी है मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं उसका शायराना तखयुल है उसने कभी दर हबीब पे यू दस्तक दी नहीं होगी लेकिन उसने तखयुल पेश किया है कि मैंने पलकों से दर हबीब पे दस्तक दी है लेकिन सिहाबा ने तो दे करके दिखा दिया बल्कि हजूर की ताजीम और आका करीम के अदब की रियायत का आलम यह था वजू करते तो वो पानी जमीन पर नहीं गिरने देते आका करीम इस्लाम लुआब फेंकते तो वो किसी के हाथों पर होता और वो पानी और वो लुआब वो अपने चेहरों पर मल लेते और जिसको वो पानी मुयसर ना आता तो वो किसी के गीले हाथों से हाथ मस करके अपने चेहरों पर मल लेते जिन्ना अखियां दिल तक वो अखियां ही तक लिया तू मिले होता साजन मिले आसा ही लग रही तो जिसको वो पानी मैसर ना होता तो वो उन गीले हाथों से हाथ मस करके रगड़ के अपने चेहरे पे मल लेते ये हुजूर के आदाब की रियायत थी और की ताजीम का आलम था जो सिबा के अंदर पाया जाता था इबन उमर रजी अल्लाह जब मस्जिद नबावी में आते तो हुजूर के विसाल के बाद जहां हुजूर तशरीफ फरमा होते जिस मंबर पर उस मिंबर की सीढ़ियों पर अपने हाथ फेर अपने मुंह पे मल लेते थे कि इस जगह पे हुजूर जल्बा फराज होते रहे जहां चंद लम्हों के लिए गुजर गए स्याबा ने उन जगहों को अदब से देखा और ताजीम का मरकज बनाया हुजूर के अदब की ये रियायत हुजूर की जिंदगी में भी है और हुजूर के विसाल फरमा जाने के बाद भी उम्मत के ऊपर हुजूर की ताजीम लाजिम है ज़ात रसालत माब की ताजीम भी औरजूर के नाम की ताजीम भी नाम भी अदब से लिया जाए हया से लिया जाए जब ये तलफस अदा हो लबों سے تو اس وقت حضور کا इजलालो तजीम छाया हुआ हो اور لازم ہے کہ جب نام رسول لیا جائے تو حضور पर درود पड़ा جائے आकर सल्लल्लाहु अलैहि ने ने फरमाया कि मुझे जिब्रील कहा उस शख्स की नाका का हो सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर सल्ला नेरमाया पड़े तो ये हुजूर के के नाम के अदब की रियायत है जो सहाबा ने की और बाद में आने वालों ने की महमूद गजनबी की खदमत में अयाज का एक बेटा शबो रोज रहता था बादशाह उससे मोहब्बत भी बड़ी करता था एक दिन बादशाह अस्तंजा गांव में गया वहां पानी नहीं था तो उसने आवाज दी अयाज के बेटे मुझे पानी दो उसने पानी का कूजा भरा और बादशाह को दे दिया अपने अबू को कहानी सुनाई कि आज बादशाह ने मेरा नाम नहीं लिया पता नहीं नाराज हो गए अयाज आया बादशाह की खिदमत में कि मेरे बेटे से कोई गुस्ताखी होगी कहा क्या हुआ है आपने उसे पुकारा है लेकिन नाम नहीं लिया उसका तो सुल्तान कहने लगा ये राज अगर राज ही रहता तो ठीक था लेकिन चलो मैं बता दूं कि मैंने आज तक अपनी जुबान से बेबजू नामे महम्मद नहीं लिया तेरे बेटे का नाम मुहम्मद है और मैं वहां था तो अब मुझे पुकारना पड़ गया तो मैंने फिर अयाज का बेटा ही कहना था मेरे लबों पे वो नाम तो नहीं आ सकता जिसकी नस्बत हुजूर के नाम से है तो ये अदब की रियत है बल्कि हुजूर की अदीस का एहतराम और अदब जो किया गया हजरत इमाम बुखारी जब भी हदीस लिखते थे पहले गुसल करते थे फिर लिबास बदलते थे फिर दो नफल पढ़ते थे और फिर कोई हदीस लिखते थे इमाम मालिक से अगर कोई हदीस सुनने आता कोई मसला पूछने आता कोई शख्स दरवाजे पर आता तो आप खादि को भेजते उसे पूछो क्या करना है कोई मसला पूछना है या हदीस रसूल सुनना चाहता है तो अगर किसी की आर्जू होती कि वो हदीस रसूल सुनना चाहता है तो फिर कैफियत और होती अगर कोई मसला पूछना चाहता तो उसको वही खड़े खड़े बता देते अगर वो कहता मैंने अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुननी है तो फरमाते मिया तू भी ठहर जा मुझे भी तैयार हो लेने में करते कपड़े बदलते तख्त बिचता, उसके ऊपर लोबान सुलगाई जाती उसके ऊपर खुशबू छिड़की जाती कस्तूरी माहौल में फैलाई जाती और फिर उसको सामने बिठाते बैठते फरमाते अब तू पूछो मैं तुझे अल्लाह के रसूल की कोई हदीत सुन ये आदाब की रियायत है सैदुलमसैब रजी अल्लाह तबरी हैं आंखों से ने 80 साल की उम्र जिंदगी मौत की कश, चार पाई पे लेटे हैं उठा नहीं जाता कोई शख्स आपसे मिलने आया और हुजूर की किसी हदीस के बारे में सवाल कर तो दिया मुझे जरा उठा के बिठाओ लोगों ने कहा हुजूर जो हालत है आपकी लेटे लेटे बयान करने कहा इन्नी अक राहो अन हदीसा रसूल वह आना मुस्ताजी मैं इस बात को गवारा ही नहीं करता कि मैं खुद लेटा रहूं और हदीस रसूल करीम की बयान करूं कहा मुझे उठाओ और मैं अदब के साथ हुजूर की हदीस को बयान करूंगा तो सारी जिंदगी नाम लिया वो क्या किसी ने कहा था हजार बार बशोम गुलाब हूनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेदा बेस्त वो कहता है हजार बार मुश्को अंबर से मैं अपने मुंह को धो फिर भी आपका नाम लेने के ये मुकाबिल नहीं हो सकता और हसरत हुसैन हसरत कहते हैं जुबाह महवे तो सनातो नात कहता हूं बने जब धड़कने सल अनातो नात कहता अदब की रियायत है यहां कदम कदम पे आला हजरत हुजूर के दरे नूर का अदब बयान करते हुए एक जगह पे फरमाते हैं नीम व तैबा के फूलों पर आंखें बुलबुलो पासे नजाकत चाहिए कि हुजूर तो हजूर हैं हजूर के दर के अदब की, की रियायत का आलम यह है फरमाया अगर जाना हो दर महबूब पे नसीब हो जाए उस चौखट की हाजिरी तो फरमाया वहां के आदाब की रियायत का आलम यह होना चाहिए कि वहां मस्जिद नबी को और दाए बाएं के माहौल को पूरी आंख खोल के नहीं देखना चाहिए आंख भी आधी खुली हुई हो पूरी आंख खोलना भी नहीं चाहिए आधी आंख से उन मनाजर को देखो ये हजूर की चौखट के आदाब का आलम अल्लाह अकबर ले सांस भी दरबार न भी है अल्लाह इमाम मालिक सारी जिंदगी जूता नहीं पहना मदीना शरीफ में और आपके कंधे जो है वो छीले जाते थे चल चल के वो कैसे कि दीवारों के साथ साथ चलते थे दीवारों के साथ साथ कदम रख के चलते दरमियान में नहीं चलते गलियों के कहा इन गलियों से हुजूर गुजरे मैं डरता हूँ कहीं हुजूर के निशाने कदम के ऊपर मेरा कदम ना आ जाए सारी जिंदगी यूँ इमिकारिन्होंने अदब किया अल्लाह तला ने अपने महबूब की चौखट के कई आदाद मजीद में सूदा हुजुरात के अलावा भी सिखाए जब सहाबा दावत पे आए और आका करीम इस्लाम ने उनको खाना दिया उन्होंने खाया बाद में बाहर कुछ और से आ आबादी चूंकि थोड़ी सी गुंजाइश थी घर में तो अब जो बाहर हैं वो बेताब हैं कि हुजूर के घर हाजिर हो और जो अंदर वाले उनका निकलने को जी नहीं चाह रहा खाना खा लिया और बैठ के वहां आपस में बातें करने लगे अब हुजूर सलाम किस तरह कहें कि मेरी चौकट से बाहर जाओ हुजूर से तो कुछ सलाम लेता था ना तो हुजूर उतनी देर तक उसे नहीं छोड़ते थे जितनी देर तक वो नहीं हाथ छुड़ाता था हजूर का मिजाज था यह सलाम का अंदाज था हजूर का आजकल लोग आधे आधे सलाम लेते हैं लेकिन हजूर का यह अंदाज था कि उतनी देर तक हजूर हाथ नहीं छोड़ते जब तक वो मायल नहीं होता था, था इसकी तरफ बस हुजूर के घर में और फिर किसका जी चाहे यहां से उठे वो एक शायर ने खद कर दी बुढ़ापे को हुसन दिया उसने वो कहता है जोफ मदद कर दरियाहमद पर गा दे अपने बढ़ापे को कहता है एफ मदद कर दरे अहमद पे गा दे दरबान कहें उठ कहूं उठा नहीं जाता दरबान कहें उठ कहूं उठा नहीं जाता तो हुजूर के दल पे फिर कौन उठे अब उनका उठने को जी नहीं चारा और बाहर वाले बेताब हैं अब हुजूर असलाम रहा आलमी कैसे कहें कि अब उठ के चले जाओ अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ऐमान वालो जब खाना खा लो तो फिर उठ के चले जाया करो नबी की तकलीफ का बायस ना हो नबी तुमसे नहीं कहते हैं लेकिन अल्लाह फरमाता है तुमसे अल्लाह अल्ला अल्ला हक कहने अल्ला से शर्म नहीं करता तो हुक्म दे दिया दरे रसूल के आदाब सिखा दिए और एक और मौके पर फरमाया ए ईमान वालो जब मेरे नबी से मसला पूछना हो तो यू ही ना आ जाओ पहले घर जाओ कोई सदका लो फिर फकीर ढूंढो फिर खैरात करो फिर नबी की चौखट पर आओ फिर मसला पूछो तुम्हें पता चले किस चौखट पे आ रहे ये आयत नाजिल हुई हजरत मुल्त ने इस पे अमल किया फौरन मनसूख हो गए क्योंकि गरीब से हाबा तो फिर कोई मसला पूछ नहीं सकते थे अल्लाह को नहीं पता था कि बिल आखिर ये आयत मनसूख होनी है सिर्फ एक बंदा ही अमल कर सकेगा फिर नाजिल ही क्यों की नाजिल इसलिए की कि तुम्हें नबी की चौखट का अदब सिखाना मतलूब है अदब यही है लेकिन तुम्हारी गुर्बत का हम लिहाज करते हैं कि तुम चलो यूं ही आ जाया करो वरना नबी की चौखट का अदब और आलम ये है कि हुजूर के दर पे जब आओ तो पहले सदका दो फिर हुजूर की चौखट पे आओ और आज भी मुस्ताब यही है आप मदीना शरीफ में जाए मैंने वहां तुर्की लोगों को देखा है इस पर शिद्दत और सख्ती के साथ अमल करते हुए जब भी वो हजूर के रोजे पर हाजिर देने आते हैं पहले वो बख्शीश करते हैं पहले वो किसी को खैरा देते हैं और फिर हजूर की चौखड़ पे आते हैं हजरत नमाज पढ़ रहे थे ने आवाज दी उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की और हजूर की खिदमत हो गए आका करीम ने फरमाया तुमने देर कर दी तुम्हें किस चीज ने रोका कि मेरे हजूर हाजिर होते अर उसकी हजूर नमाज पढ़ रहा था फरमाया तुमने कुरान नहीं सुना याजीबल रसूल ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल पुकारे तो फिर उनकी पुकार पर लबई कहा करो तो हुक्म है कि हु पुकारे तो नमाज छोड़ दो हजूर की खिदमत में हाजिर हो जाओ फिर आका करीम जो कहें वो काम करो और जब वापस आओ तो नमाज वहां से शुरू करो जहां से छोड़ी थी तो ये हुब है तो कहा ईमान वालों नबी की आवाज से अपनी आवाज को भी ऊंचा ना करो अगर तुम्हारी आवाज भी ऊंची हो गई तो तुम्हारे अमाल जाया कर देंगे और तुम्हें खबर भी नहीं